एक ही राम बाण है जिस दिन आपके मन से लालच नाम की चिड़िया निकल जाएगी उस दिन आपसे दुनिया डरने लगेगी क्योंकि लालच ही आदमी को कायर बनाता है इससे कुछ मिलेगा उससे कुछ मिलेगा वो ना नाराज हो जाए ये ना नाराज ये लालच आपको सच नहीं बोले। और धीरे धीरे उस लालच की प्राप्ति के लिए आपके अंदर कायरता पैदा और कायर समाज समझौते करता है लड़ता नहीं है और आज भी आपको शत्रु का बोध नहीं हो रहा है आप ही के बीच में है शत्रु इसलिए संविधान तौर पर और संसद की अगर हम भाषा देखें तो आपको लगे सत्तर साल कि तीन सौ तीन आएंगे तब तीन सौ सत्तर हटेगी उन्होंने पहले दिन से आज तक कभी इसकी चिंता नहीं की कि कुछ करने के लिए कुछ हटाने के लिए हमें सरकार में आना पड़ेगा और सरकार के लिए इतनी सारी हमें बहुमत करना उनका छोड़ो क्योंकि उस फिलॉसफी में लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है उन्होंने अपनी फिलॉसफी के तहत भारत की सरकारों को भारत के समाज को इस समाज में बिकाऊ नेता और बिकाऊ ठेकेदारों को उनकी औकात के हिसाब से खरीदा और अपना एजेंडा पास करा लिया वो कभी संसद में 50 से ज्यादा एक बार हुए उसके अलावा कभी नहीं हुए लेकिन शुद्ध रूप से आपके बीच में ऐसे ऐसे मक्कार और दलाल मौजूद थे जिन्होंने कीमत ली और चले गए इसलिए वो फॉन्ट लाइन वो जानते हैं इसलिए उनको शत्रु का बोध 1400 साल से है हमें क्या करना है ये तय है इसलिए वो कभी किसी के साथ भी मिल जाते हैं किसी के साथ खड़े हो जाते हैं कोई बयान दे देते हैं और पूरा राष्ट्र कहता है ओहो यही सबसे सच्चा मुसलमान है आंधी आती है तो कुछ लोग सर झुका लेते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि उसने परमानेंट सर झुका लिया है वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बना रहे लेकिन हम लगे हुए हैं बेमतलब के काम में जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है और हम ही नष्ट हो रहे हैं और नए नए बयान दे रहे हैं क्योंकि सत्ता के सुख के कारण जो कुछ हमारी दुकान चल रही है आज हमें कहां गवर्नर बना बनाना है कहां वाइस चांसलर बनाना है हम इस काम में लग गए हैं इसलिए कोई ऐसी बात मत करो कि शत्रु जो है उत्तेजित हो जाए शत्रु को उत्तेजित होने से डर है तो फिर शत्रु को नष्ट कर दीजिए ताकि ये डर आपके अंदर से खत्म हो जाए ये कभी उत्तेजित होगा तो वो तो होगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है उसकी किताब में है वो उस फिलॉसफी का भक्त है हमें ईमानदारी से मानना चाहिए गलत है सही है हमारा नजरिया इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है नजरिया उनका इंपॉर्टेंट है कि वो क्या मानते हैं और वह उसके ऊपर अडिग है आप रोज रोज बदलते हैं आपका नेता आपका राष्ट्रपिता तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस देश में एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा अपने स्वार्थों के लिए गांधी जी ने उस भजन में भी सेकुलरिज्म की दुकान चलाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की लाइन डाली वो तब भी दिल जीत रहे थे ये बीमारी आज भी है और ये बीमारी जब तक रहेगी जब तक सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू होने पर शर्माएगा आपको अपनी जाति में ठाकुर में बनिया में ब्राह्मण में दलित जो दिल चाहे मैं हर सभा में यह बात कहता हूं यह महज अजीब पैराडॉक्स से मेरे जीवन का मैं जहां पैदा हुआ जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सब कुछ करने के बाद मुझे उन पूरे 20-25 सालों तक कभी यह बोध ही नहीं हुआ कि मेरी जाति क्या है इसका जिक्र ही नहीं था मुझे यह बोध दिल्ली में आके हुआ इसलिए मुझे बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आज आज भी कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं मुंह पे कहना चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी कुंठाएं जाति का घमंड जाति के दो मंत्री नहीं बने जाति का कोई गुंडा मार दिया है तो 303 से 264 आपके कारण हुआ है किसी और के कारण नहीं हुआ यहां से तो ताली बजती है बुलडोजर चला दिया लेकिन बुलडोजर वाला पूछता है कि मेरी खता क्या थी कि मुझे तुमने कमजोर कर दिया है तब हम नहीं पूछते हैं तब क्योंकि उस वक्त हमारे एजेंडे चल रहे होते हैं कि हमें किसी विशेष आदमी को बनारस में जिताना है भले ही जनता उसे रिजेक्ट करती आप अपनों से भी झूठ बोलना चाहते हैं इसलिए जाति आपकी सदियों से आपकी निजी पहचान थी यह जाति सामाजिक व्यवस्था थी मजहबी व्यवस्था नहीं थी कभी नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने इस भारत राष्ट्र को जाति प्रधान बनाया कि इस कहने में हमारा लाभ है क्योंकि हम पकड़ में रहें कांग्रेस में रहें तो कांग्रेस के दूसरे पार्टियों में पकड़ हमारी रहनी चाहिए लिहाजा सही बात नहीं बोली जाति प्रधान भारत कभी नहीं रहा भारत भूमि सदैव सदैव से अनंत काल से कर्म प्रधान रहा है कोई आदमी अपनी मां के पेट से न ब्राह्मण पैदा होता है ना ठाकुर होता है न बनिया होता है न दलित होता है अपने स्वार्थों के कारण हमारे आदर्श भगवान परशुराम जो शुद्ध रूप से ब्राह्मण थे अगर उनको जाति के रूप में देखा भी जाए यह उनका वाक्य है यह नहीं बताया जाता है ऊपर की पांच तो अपर कास्ट के पास रहेंगे नीचे कुछ लोगों को शो पीस के लिए दो दलित और दो यादव रख लो इससे काम नहीं चलने वाला यह परशुराम ने बोला जन्म जायते शुद्ध मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है ये नहीं बोला लेकिन एक फिजा चलाई गई ब्राह्मणों के खिलाफ चली स्वार्थ था उसमें कुछ लोगों का हम चुप रहे क्योंकि हमने सारा ठेका कुछ संगठनों को और सरकारों और पार्टियों को दे दिया है यही जो करेंगी बस हमारा कोई काम नहीं है हमें किसी तरीके से भी बिजली फ्री मिल जाए हमें जीएसटी में छूट मिल जाए हमें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए इसके अलावा हम किसी और चीज के लिए जिंदा ही नहीं हैं जो दिल चाय करो हमें ये फ्री देते रहना हमें बिजली की चोरी भी अलाउ कर दो दूध में यूरिया मिलाना भी अलाउ कर दो इस पर सवाल मत उठाना और राष्ट्रवाद के लिए चिल्लाना जोर शोर से इसलिए हमारे समाज में आज जो समस्याएं हैं उससे भटकाने की कोशिश कुछ संगठनों की चल रही है और समाज उसका प्रतिकार कर रहा है आप यहां किसी बड़े लीडर को सुनने नहीं आए हैं बहुत मामूली से परिवार का आदमी होंगे और यहां इसलिए भी नहीं आए हैं कि कोई ले आया है आपको कि रात का भोजन भी यहां मिलेगा आप तमाम सारे लोग इस शहर के प्रबुद्ध लोग हैं सब अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं कोई बात आपके अंदर है कोई छठ पटाट है कोई बेचैनी है उसको समाप्त करने और उसका हल ढूंढने आए हैं और मैं कुछ हल नहीं देने वाला एक ही राम बाण है जिस दिन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 उस लालच की प्राप्ति के लिए आपके अंदर कायरता पैदा होने लगती है तब आप वो बातें भी बर्दाश्त करते हैं वो बदतमीजी भी बर्दाश्त करते हैं वो गाली भी बर्दाश्त करते हैं कि कहीं ये रूठ गया तो जो हमें मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा और कायर समाज समझौते करता है लड़ता नहीं है इसलिए सब जो जहां है वो सिर्फ एक ही काम करें आप अपने आप से पूछें कि आपकी मां ने आपके पिता ने आपको जन्म किस लिए दिया है आपकी भूमिका क्या है कौन ऐसी दुनिया में चीज है जो आप चाहते हो न मिले आपने क्या कभी प्रण करके दृढ़ निश्चय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश की क्या हमने उसके लिए सही काम किया क्या उसका सही समय पर इंतजार किया नहीं किया और एक बात साथ है जिस दिन सच बोलेंगे मेरा दावा है मैं आपके सामने कोई बहुत मेरी पचास साठ उम्र नहीं है मैं कोई पचपन साल के आसपास कहूंगा ठीक ठाक नौकरी छोड़ी एक्सपेरिमेंट किया जीवन में के मरने से पहले यह दुख ना हो कि हम यह कर सकते थे लेकिन किया नहीं इसलिए आज आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं सब काम सत्ता में जाके नहीं होते अगर समाज और राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का सामूहिक शक्ति का सामूहिक तरीके से प्रदर्शन जिस दिन करने लगता है सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आती हैं।